मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि हिंदू होने और हिंदू दिखने में अंतर है उन्होंने कहा सजा और सम्मान दोनों समानता रूप से साथ साथ चलते हैं जिनकी गलती होती है उन्हें सजा मिलती है जो अच्छा काम कर रहे हैं वे पुरस्कृत भी हो रहे हैं गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें मुख्यमंत्री पुरस्कृत कर रहे हैं मिश्रा ने कहा पिछले बीस साल से जिस कांग्रेस के हमसे ज्यादा वोट नहीं आए हमें उसके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है नरोत्तम मिश्रा ने कहा जुबेर मौलाना की जमानत देने वालों की जमानत भी जब्त होगी और गिरफ्तारी की धाराएं भी लगेगी उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं इसलिए वे कॉमन सिविल कोर्ट का विरोध करेंगे जिसकी गलती पाई जाती है उसको मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करते हैं और जो अच्छा काम करते हैं उनका अभिनंदन भी करते हैं समानांतर दोनों काम चल रहे हैं और कांग्रेस क्या कहेगी और हमें कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत है क्या जो पिछले बीस साल में हमसे कभी जिसके वोट ज्यादा नहीं आए सुना मैंने पीछे बैठता हुआ वो गाना के दुनिया की ठाए ठाए ठाए इसका हम जुबेर मौलाना जी का इसका परीक्षण करा रहे हैं वीडियो का थोड़ी देर में वो हो जाएगा और उसके बाद उसके जो बाउंड ओवर और जमानत देने वाले है उन सबकी जमानत जब्ती की कार्रवाई करेंगे इन पर गिरफ्तारी की धाराएं लगाई जाएंगी ये मध्य प्रदेश है यहाँ पर कोई ठाठ ठा करके आतंक नहीं फैला सकता ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए जुबेर जी को स्वाभाविक रूप से ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं और जो भी तुष्टीकरण की राजनीति करेगा वो इस तरह की बयान देंगे ही अब धीरे धीरे खुल के आते जा रहे हैं ने कहा हमारा लक्ष्य है सबको साथ लेके चलते जाना प्रधानमंत्री मोदी गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा सभी लोक कल्याण में निरंतर काम कर रहे हैं इसलिए गुजरात में हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि हिंदू होने और हिंदू दिखने में अंतर है मिश्रा ने वर्तमान कांग्रेस को इटालियन कांग्रेस बताया लगातार जनजातीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री जी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए एक क्षेत्र में नहीं सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली पार्टी है सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है उसके साथ चलने वाली पार्टी है और इसलिए हमारा मान्यता है हम गीत भी गाते हैं कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना आपने देखा होगा कि दिवाली पे एक दो दिन की छुट्टी है गोवर्धन पूजा पे कुछ नहीं छुट्टी रूप चौदस की कोई छुट्टी नहीं भाई दौज की कोई छुट्टी नहीं लेकिन क्रिसमस के लिए सात दिन की आठ दिन की छुट्टी हिंदू वो होने और हिंदू दिखने में यही अंतर है उनके सवालों का भी यही जवाब है जो राजस्थान में उनने उठाया था और आठ दिन की यात्रा पर वो जा रहे हैं अच्छा है अगर जा रहे हैं तो गुजरात में बीजेपी मिश्रा ने सागर मिशनरी स्कूल के मामले में कलेक्टर एसपी को जांच के निर्देश दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध दिए गए आपत्तिजनक बयान के लिए राजा पटेलिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं तो आदरणीय पटेलिया जी के बयानों को मैंने सुना उससे स्पष्ट हो रहा है की अब ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसूलनी वाली रहती है जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर कन्हैया कुमार सुशांत जी चल रहे हैं ना उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है